The Science Superstition, Part 10. साइंसटर so, वन सूर्य नमस्कार हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में बहुत है तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है नंबर टू भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत में मीठे से जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत में मीठे से होता है तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है इससे पेट में जलन नहीं होती तो दोस्तों अगर आपको टेन डे चैनल की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए